सावी तो प्रणाम अपना टीम ने तीन प्रविजनों को रेस्क्यू कर लाइव के माध्यम से देख सकते हैं पता नहीं कितने कपड़े पहन रखे हैं लेकिन इस हाल में सर्दी में कई दिनों से कई महीनों से इस हाल में पढ़ सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है और ये खुले आसमान के कारण इनका धरती का बिछोड़ा और आसमान का ओर होना यह स्थिति होती है कि कुछ काम भी नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादातर प्रवजन तो से बीमार होते हैं कुछ मानसिक स्थिति थी ठीक नहीं होती है अभी इनके बारे में पूछेंगे जानेंगे कौन कौन कहाँ से हैं और है किसान निकले हैं, दिखने दिखने हैं। कितने दिन क्या नाम है आपका सीताराम जी कहाँ के रहने वाले हैं नागपुर हाँ। अच्छा जिला है नागपुर जिला नागपुर है नागपुर यूपी में नागपुर यू पी है गांव कौन सा आपका गांव पाथरी कौन सा अच्छा अच्छा पुलिस थाना कौन सा लगता है मालेगांव मालेगांव मालेगांव है नेपौर, नेपौर, मा कौन सा? मा ए, ये। का है ये पिक्चर और जाति जाति क्या आपकी ये, आ, सर्टिंग आ, सर्टिंग की वतन धड़ परिवार में कौन कौन है आप ले परिवार जी आ, ये रेखा राय घर में कौन कौन है आपके आपने घर में दे, ये, ये सैलानी अल्लाह है ना क्या नाम है उनका उनका डिपाजी दिए मै क्या शिवपति उ किरण का आ? देख सकते है नागपुर ही बस आ रहे हैं और गाँव का नाम भी पहले बताया मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण ये हाल होता है कि अपना नाम तक नहीं बता पाते हैं फिर भी प्रयास करते हैं कि ये कुछ अपने बारे में बताएँ क्योंकि अधिकतर मानसिक रूप से विक्षिप्त स्थिति में घर से निकलते हैं जब थोड़े ठीक होते हैं भोजन और इस तरह की व्यवस्थाएँ न मिलने से इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है क्या नाम है भैया आपका नहीं पता कहाँ के रहने वाले हैं बोलते नहीं है ये देख सकते हैं चेहरा आपको दिखा सकते हैं बोलते हैं नहीं सिर्फ चेहरे से आप पता लगा सकते हैं इस तरह होते हैं अक्सर घर से निकल आते हैं तो उनका नाम पता भी मालूम करना बड़ा मुश्किल होता है भैया लास्ट क्या नाम है आपका नाम नाम क्या, आपका? क्या नाम है आपका, आपका क्या नाम है? नाम है आपका क्या नाम है आपका क्या नाम है मेरा नाम <laughs> मेरा नाम कहाँ के रहने वाले हैं रहने वाले हैं आप कहाँ के हैं हम अपना घर भरतपुर के रहने वाले हैं आप कहां हम अपना घर भरती के रहने वाले हैं कहाँ के रहने वाले हैं? पिताजी का क्या नाम है आपके पिताजी का क्या नाम है आपके पिताजी का क्या नाम है हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? आपके पिताजी का क्या नाम है आपके पिताजी का क्या नाम है देख सकते हैं दो भाई तीनों ऐसे ही हैं मानसिक रूप से, से दिछुते, दिछुते। काफी प्रयास करते हैं प्रतिदिन इस तरह प्रभु जी आते हैं तो ये प्रतिदिन का नियम है विभिन्न स्थानों से रेस्क्यू कर लाया जाता है भरती प्रक्रिया चल रही है डेली विदाई होती है प्रभु जी अपने घर जाते हैं और प्रतिदिन ही प्रभु जी रेस्क्यू कराते हैं उनके ऐसे औपचार है तो अपना रास्ते में भर्ती किया जाता है और ठीक होने के उपरांत अपना पता बताने पर उन्हें उनके घर भिजवा दिया जाता है सभी साथियों को प्रणाम